तो जो बचा ले वो सर हुसैन का है और अब मैं गुजारिश करूंगा आदिल अब्बास साहब से वो आए और नजराना अकीदत पेश करेंद नाराय सलवाद बलद नाराय सलवार क्या yeah, का तस् के हाबिल ना था हानदान ने मोस्फा तशही रे बेर तरे तीर के काबिल न था शाह का सूखा गला फातिमा सुगरा के खत का श्या का शाह क्या देते जवाब करबला काबा तहरीर के हाँ ना था करबला का बावाद बावाद गला। बावाद बलन नारे बावाद बावाद अब मैं गुजारिश गुजार हूँ कमैनी हैदरत साहब से कि वो आए आएँ अन्यक़ीदत पेश करें एक बाबा जब बलद नाराय सलवाद एक सलव पढ़े मोहम्मद वाले तो देखिए कि एक हूर दूसरा अशक सर्वर होगा के हवाले से एक हूर दूसरा अशकमे सर्वर होगा बस इन्हीं दोनों को रूमाल मैसर होगा कि एक हूर दूसरा अश्कमे सर्वर होगा बस इन्हीं दोनों को रुमाल मैसर होगा तो ठीक है कोई मलक होगा फलक पर होगा ठीक है कोई मलक होगा फलक पर होगा दरे शब्बीर पा आएगा तो नौकर होगा ठीक है कोई मलक होगा फलक पर होगा दर शब्बीर पा आएगा तो नौकर होगा मौला के हवाले से चार मिसरे कि अपना मशकीदा वो जितनी देर तक भरता रहे अपना मशीकीदा वो जितनी देर तक भरता रहे हुक्म है अब्बास का साहिल पसन्नाटा रहे कि अपना मशीदा जितनी देर तक भरता रहे हुक्म है अब्बास का साहिल पसन्नाटा रहे सामने शब्बीर के अब्बास बैठे ही नहीं इसलिए परचम उठे और ताजिया रखा रहे सामने के अब्बास बैठे ही नहीं सामने के अब्बास बैठे ही नहीं इसलिए परचम उठे और ताजिया रखा रहे बद्दो मिसर मौला के हवाले से कि फैसला कर लिया अब्बास ने होगा कि फैसला कर लिया अब्बास ने मैशर होगा तेज हो हो या हो नजर काम बराबर होगा कि नहर को प्यास से डर तेज को सर से खतरा नहर को प्यास से डर तेज को सर से खतरा हो न हो करबो बला का कोई मंजर होगा नहर को प्यास से डर, से को सर प्यासा हो न हो करबो बला का कोई मंजर होगा कि मकसद शाह से गाफिल न रहेंगी जैनब मकसद शाह से गा रहेंगी जैनब काम शब्बीर का नाके से बराबर होगा की मकसद शाह से गाफिल न रहेंगी जैनब काम शब्बीर का नाके से बराबर होगा आखिरी मिस्राउन की पानी पीने का अगर करते इरादा असगर पानी पीने का अगर करते इरादा अजगर फिर तो सेहरा पे भी वाजिब है समंदर होगा फिर तो सेहरा पे भी वाजिब है समंदर होगा कि असलहे होंगे तेरे काम मेरे आएंगे तेरा नैजा भी मेरे वास्ते मिंबर होगा एक पढ़े माद हर साल की तरह जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया के तादाद को लेकर के कुछ पाबंदियां हैं लेकिन अज़ायम मजलूम के प्रोग्राम जिस तरह होते थे जो प्रोग्राम होते थे वो सारे प्रोग्राम हो रहे हैं सिर्फ़ तादाद को लेकर के पाबंदियां हैं इसी तरह बड़े इमाम बाड़े में भी एक बजे जो अशरा मजालस मनद होता था वो भी हो रहा है और मैं गुजारिश करूँगा मासूम लखनवी साहब से कि वो आएँ और नहा पेश करें एक बाबा जब मल नाराय शलवार हम्म hmm. एक मतलब नारे अब्बास के बारे में एक नारे सलवात और भेजें अब्बास इमामत का ना। एक नारे सलवात सलवा भेजें रही तुमको सलवा एक मतलब और एक दूसरे मौला अब्बास के बारे से एक नारे सलवा और ही नीरगी <स्थाँगा>। रख दिया मैंने चरागो को हवा के सामने रख दिया मैंने चरागो को हवा के सामने और अब्बास के हवाले से शेर रख दिया मैंने चरागो को हवा के सामने कृष्णगी ने पानी को सूली चढ़ा कर रख दिया कृष्णी ने पानी को सूली चढ़ा कर रख दिया हजरते आब्बा गाजी की वफा के सामने हजरते आब्बा गाजी की वफा के सामने हजरतें अब्बास गाजी की वफा के सामने हजरत अब्बा से गाजी की वफा के सामने एक ही इनकार के झोंके में बातिल उड़ गया तक कोई न आया करबला के सामने आज तक कोई न आया करबला के सामने एक ही कार के झोंके तक कोई न आया करबला के सामने आज तक कोई न आया करबला के सामने रख दिया मैंने चरा गो को हवा के सामने एक नारे सला जाऊ नारे, नारे, नारे दा। दा। दा। बस बोलाना तो शिवल्या एक नारे सलवा तो बात एक मतलब और एक हमें ले हक हैं सनाएम का सलाम कहते हैं तो हमको वक्त के लमे सलाम कई दे ने पढ़ दिया कुरुआ तो ताज क्यों आखिरी शेयर से चलेगा नबी के हाथ कलाम करते हैं नबी के हाथ कलाम करते पलामर आफताब शरीत अली जनाब मौलाना से कल जवाब साहब तब्ला तशरीफ ला चुके हैं और पाबंदी वक्त से आगाज़ मजलस होगा मेरी गुजारिश उन तमाम अजादारों से हैं जो इस फरशे अजा पर तशरीफ़ फरमा है क्योंकि दालान में गुंजाइश है तो थोड़ा सा डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें और थोड़ा थोड़ा फासले से अगर मुमकिन हो तो बैठ सक बैठ जाए क्योंकि जब दालान में जगह मौजूद है तो हमें इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए यह एहतियात हम पर फ़र्ज़ है दाथ दाथ इसी तरह से एक ज़रूरी ऐलान ये भी करना चाहता हूँ कि मजलिस शाम गीबा साढ़े आठ बजे इसी उसिया में मनद होगी मजिस यौम ज़ैनब साढ़े आठ बजे ग्यारह मुहर्रम को इसी उसिया में मनद होगी उसी तरह से जो मजीद प्रोग्राम है यौम अब्बास और यौम खबादी ने करबला वो भी वैसे ही होंगे और वक्त की पाबंदी से होंगे मैं गुजारिश करूँगा आफ्ताब शरीय आली जना मानलाना शहद कल्प जवाब साहब के खिलाफ से के वो रौनक मेम्बर और मजिस को पता السميع العليم الشيطان الرجيم الرحيم जीमिल्लमरहीम आ रबालमीन والسلام على سيد والمرسلين سيدنا वसलासला सद लम्बिया एबसलिन सैद ना नबीना व शफ़ीमी अबिलहम्मी तहरीन अम्मा बदो फ़बल खान भू तबारक وتعالى फिर किताब इलम असतर कलिन माँ आता कसूल फ़ुज़ू हो माँ नहा कन हो फ़न तु वन शदीदुल शलवा मैंने अर्ज़ किया था कि क़ुरान मजीद के अजीब गरीब खसूसियत है कि जिस आयत को आप पढ़ें और तिलावत करें तो ऐसा लगता है कि बस ये मुकम्मल इस्लाम इसी में आ गया है और अब मज़ीद किसी आयत के पढ़ने की जरूरत नहीं है और दूसरी आयत पढ़ें तो उससे भी यही अंदाजा होगा तीसरी आयत पढ़े तो उससे भी यही तस्वर तो पैदा हो जाएगा कई मैंने आयत बतौर मिसाल पेश तो कि तो ये अजीब ग़रीब खसूसियत है कि तमाम इस्लामी तलमत अल्लाह ने एक एक आयत में समो दी हैं और उसी पर अगर गौर कर लिया जाए तो सारे मसाइल उसी से हल हो जाएंगे और बेतहा हर आयत अहम है और हर आयत हमारी ज़िंदगी व हयात के लिए ज़रूरी है लेकिन इस आयत में खसूसी तौर पर अल्लाह जो है वो ऐलान फरमा रहा है कि माताकमर रसूल फूलू हो जो रसूल दें वो ले लो जो रसूल दें कोई शर्त नहीं इसमें कोई क़़ैद नहीं इसमें कोई कंडीशन नहीं इसमें कि फुला चीज़ लो फला चीज़ ना लो जो चीज़ पसंद आए वो ले लो जो चीज़ तुम्हारे दिल के मुताबिक वो ले लो जो तुम्हारे जज्बा के मुताबिक वो ले लो और जो पसंद न आ रही हो उसको छोड़ दो नई नहीं, नहीं माता कुमर रसूल लो जो रसूल दे जो रसूल दे व ले लो जो रसूल दे व ले लो वो मन, वो मा मान नो फन तू और जिससे रोक दे चाहे कितना ही तुम्हारी दिल पसंद क्यों ना हो चाहे कितना ही दिल तुम्हारा उसकी तरफ क्यों ना झुकता हो कितना ही तुम्हारी पसंदीदा चीज़ क्यों ना हो लेकिन जब रसूल ने कह दिया कि रुक जाओ और इसको न लो तो तुम पर छोड़ना उसका वाजिब हो जाएगा फितर करना वाजिब हो जाएगा और देखो अल्लाह का तकवा अख्तियार करो अल्लाह से डरो इस मसले में अल्लाह का खौफ दिल में इख्तियार करो वही शदीदलकाब अगर रसूल की तुमने पैरवी नहीं की जो उन्हीं ने दिया वो नहीं लिया जिससे रोका उससे नहीं रुके तो याद रखो कि जहाँ अल्लाह रहमान है जहाँ रहीम है जहाँ गफ़ार है जहाँ सत्तार है वहीं अल्लाह का हार भी है वही अजब देने वाला भी है सख्त तरीन शदीदुल्कब सख्त तरीन तुम्हें अजाब होगा सख्त तरीनकाब होगा अगर तुमने हमारी इस आयत पर अमल नहीं किया जो रसूल ने दिया वो ले लो इसे इस रोक दिया सर रुक जाओ शलवार भेजो बहुत ही बहुत संजीदा मौजूद और बहुत सी संजीदा पहलू इसमें हैं जो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने जो मजालिश रह गई उनमें पेश उसको किया जा सके कोशिश मेरी होगी आगे आपको मालूम ही है कि आप मसाइल इतने हैं इतने मसाइल हैं कि दम लेने की फुर्सत नहीं मिलती ही रात में 12 बजे करीब तो मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ <laughs> कि कुछ ना कुछ तैयारी हो जाए मजलिस की थोड़ी बहुत तो 12 बजे करीब तैयारी शुरू होती है तो आप तस्वूर कीजिए कि फिर रात की जाग भी होती है उसके बाद और उसके बाद सुबह से फिर मसाले शुरू हो जाते हैं फुर जगह फुला फूल जगाते फूल फुर, फुला जगाते फून फुर, फुला जगाते फूल फुर, जगह जगाते फून मालूम हुआ कि वहाँ जबनपुर में कोई शाहगंज इलाका है वहाँ भी पुलिस ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है और वहाँ भी उन्हें शायद तज़िया जहाँ बन रहा था और जहाँ शहदिया होता है ताजिया वहाँ के ऊपर उन्होंने जाकर ताजिए की बहरमती की है तो लिहाजा हम सख्ती से इसकी मजम्मत करते हैं हम जब हर मजहब का एहतराम करते हमारे यहाँ वाजिब है कि हर मज़हब का एहतराम किया जाए हमारे यहाँ वाजिब है कि हर धर्म का एहतराम किया जाए उसका सम्मान किया जाए तो जब हमारे यहाँ हर धर्म का सम्मान करना वाजिब है तो आप भी हमारे धर्म का सम्मान करें रसल्ला तो का मौलाली का हुक्म है कि देखो जब भी किसी जगह तुम्हें फता भी हासिल हो जाए तो इबादत गाहों के अंदर दाखिल ना होना इबादत गाहों के अंदर दाखिल ना होना और वहाँ जो इबादत करने वाले जो लोग हैं वो इबादत गुजार लोग चाहे वो किसी भी मज़हब के हों उनको ना सताना तो उनको ना परेशान करना तो जब आ, हमारे यहाँ इस्लाम में ये हुक्म है कि किसी की इबादत गाह आप जो है बेहरमती नहीं कर सकते किसी इबादत करने वाले को आप परेशान नहीं कर सकते तो जिन चीज़ों की कोई तो हम एहतराम करते हैं या तो आपके लिए वाजिब लाजिम है कि उसका एहतराम आप भी करें ये नहीं क्या आप उसका नहीं मानते हैं तो आप उसको फाड़ दें नहीं मानते हैं तो उसकी बेहरमती कर दें तो फिर तालिबान ने जो बुत तोड़े थे तो उस पर भी एतराज न कीजिए अरे तालिबान आप बहुत सुंदर मजराता है बड़ा हंगामा मचाया जाता है अरे साहब महात्मा बुध के बुत तोड़ डाले उन्हें साहब जब वो बेहरमती कर रहे हैं तो आपने भी तो वैसी बेहरमती की है अगर चाहिए बुत नहीं है हमारे लिए काबिल एहतराम है जहर कम उनकी पूजा नहीं करते हैं आदमियों की बल्कि शबी होने की हैसियत से काबिल एहतराम है वो क्योंकि इमाम हुसैन के रोज़े की शबी होती है वो लिहाजा शबी होने की हैसियत से हमारे लिए काबिल एहतराम है तो जो चीज़ हमारे लिएबिल एहतराम है उसका एहतराम आप करें तो आपके लिए काबिल एहतराम है उसका एहतराम हम करते हैं एक शलवा भेज बनाना लिहाजा हमारी हुकूमत से गुजारिश है कैसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, वरना अगर कोई वाकया और हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी क्योंकि ज़ाहिर है कि यह बर्दाश्त हरगज़ हरगज़ किसी भी शेयह के लिए पाचात दुनिया में पूरी दुनिया में कई भी कोई हो उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है कि जिस चीज़ को हम काबिल एहतराम समझते हैं और जिसको हम सैक्रेट समझते हैं और जिसको हम काबिल एहतराम समझते हैं उसकी एहतरामी की जाए लिहाजा हुकूमत से और पुलिस के जो अफसर आने उनसे गुजारिश है कि उन पुलिस कर्मियों के ख़िलाफ़ सख्तरीन कार्रवाई की जाए कि जिन्हें ये गलत हरकत की है और गलत मिसाल कायम की है अगर ऐसी मिसाल कायम हुई तो फिर पूरे मुल्क में अफरा तफरी मत, तो मत जाएगी फिर अगर उनको सज़ा नहीं दी गई अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे मुल्क में अफरा तफरी मच जाएगी फिर फिर कोई भी किसी मज़हब के एहतराब नहीं करेगा एक शलवाद भेज रहे माँ ताम रसूल फ़गजू हो मैं जाहिर के कुरान मजीद के सिलसिले में ताकीद है कि एक हरफ भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए इसका तलावत करते वक्त पढ़ते वक्त लिहाजा मैंने हालाँकि मेरा यह अंदाज़ नहीं है लेकिन आज मैंने जिससे मिलती जुलती दो तीन आयतें है, जो हैं मैं उसको लिख कर लाया हूँ ताकि वह आपके सामने पढ़ूँ और यह अंदाज़ा आपको कि रसूल की इत की अल्लाह ने कितनी अहमियत रख दी है शलवाद भेजे महम्मद कितनी अहमियत है कितनी शिद्दत से रसूल कहा जाता साहब इस्लाम में जमहूरियत बहुत अहम मसला है मैं चाहता हूँ कि इसको आपके सामने पेश किया जाए धोखा दिया जाता है गलत बात कही जाती है मिस लीड किया जाता है मिसगैड किया जाता है ये कहा जाता है कि इस्लाम में आज़ादी है साहब इस्लामिक जमहूरीत है, है जमहूरियत यकीन जमहूरियत है लेकिन एक हद तक है एक हद तक जमहूरियत है टोटल आज़ादी नहीं है टोटल आज़ादी नहीं है मैं उसके लिए सबूत के तौर पर आपके सामने कुछ आयतें पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने लिख ली हैं क्योंकि ताकि एक लफ्ज़ भी हो घर में भी इधर से उधर ना होने पाए श्री सूर्य नशा की आयत है जब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि फला व रब فلا بينهم ثم لا يجدوا फला यो मनूना फीमा शजरा देखिये क्या ऐलान हो रहा है फलाह व रब का ए रसूल आपके रब की कसम नहीं नहीं गौर नहीं फरमाया आपने आपके रब की कसम ये नहीं कह रहा है कि मेरी कसम ये नहीं कह रहा है कि अल्लाह की कसम ये नहीं कह रहा है कि मेरी कसम बल्कि कसम भी खा रहा है तो अपने को रसूल की तरफ मंसूब करके कसम खा रहा है अरे अबियत तो देखिए तदाकत तो देखिए सर की गहराई तो देखिए फला व का ए रसूल आपके रब की कसम अल्लाह फरमा रहा है कि आपके रब की कसम फलाई मन कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं है कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं है मुंह का फीमा शजरा बैर हम जब तक अपने इख्तलाफी मसाइल में आपको हाकिम न मुक्न कर दे आपको फैसला करने वाला मुन न करे इख्लाफी मसाइल में जिस सिलसिले में भी मुसलमानों को आपस में इख्तलाफ हो उस तक ममिन नहीं है कि जब तक के उन मसाइल में आपको हकम मुहैया न कर दे आपको फैसला करने वाला मुहैया न कर दे और उसके बाद अगर आप कोई फैसला कर दें अगर आप कोई फैसला कर दें तो हल्के सा शक का भी दिल में हल्का सा शक का मैल भी दिल में न लाए बो यो सू तस्लिमा और इस तरह से आपके फैसले के सामने सर झुका दे तो सर झुकाने का हक है एक सलवार भेजे बना सुनिए दूसरी आय सुन लीजिए तो जिसके महीने में उसको भी मैं लिख कर लाया हूं इसमें भी ऐलान हो रहा है कि वला इजा अम्रन अन्यकुन मिन अम्रहिम अगर या उसका रसूल कोई फैसला कर दे रसूलो अमरन तो अब फिर किसी मोमिन या मोमिना के लिए कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता उनको कोई इख्तियार अपने ऊपर बाकी नहीं रहता है उनके ऊपर कोई अपने ऊपर इख्तियार उनको बाकी नहीं रहता आप आप मुझे ये बताए कि जहां जहां अल्लाह के रसूल ने फैसला कर दिया तो वहां पर कोई जमहूरी हक आपको हासिल नहीं है अब अल्लाह और रसूल के फैसले को आपको मानना होगा अल्लाह और रसूल के फैसले को मानना होगा आप देखें कि कपड़े पहनने का हमें हक हासिल जिस रंग का ले चाहे कपड़ा पहने जिस डिजाइन का ले चाहे कपड़ा पहने बस सतुरपोशी होना चाहिए सही शतरपोशी होना चाहिए हमें हक हासिल है नहीं अल्लाह ने कहा कि साहब सब रंग का कपड़ा पहना करो नहीं अल्लाह की तरफ से या रसूल की तरफ से ऐलान हुआ कि नीले रंग का कपड़ा पहना करो इसके अलावा तुम नहीं पहन सकते काले रंग का कपड़ा पहना करो इसके अलावा तुम नहीं पहन सकते कुछ इसका मतलब हमें इख्तियार दिया गया है इख्तियार दिया गया है कपड़ों के सिलसिले में नहीं दिया गया है लेकिन अगर हज के सिलसिले में अल्लाह ने फैसला कर लिया कि तुमको सफेद रंग का हिराम बांधना है और इस तरह से वो कपड़ा पहनना है तो जब कपड़ों के सिलसिले में अल्लाह ने फैसला कर दिया तब तो उसके अलावा कुछ नहीं पहन सकते बहुत तवजोर है बहुत अहम मसला है बहुत अहम मसला है मैं पूरी तरह से उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन बहुत अहम मसला है कि कपड़े पहनने के अख्तियार है बस ये के ऐसे ना हो कि कियानी हो जाए ऐसे ना हो कि खिलाफ शरीयत हो जाए कपड़े पहनने का अख्तियार जो दिल चाहे कपड़ा पहनो तुम तेरी काट पहनो सूती पहनो रेशमी पहनो जो दिल चाहे पहनो इख्तियार है तुम्हे लेकिन अगर अल्लाह ने फैसला कर दिया कि तुम्हें ये कपड़ा पहनना है तो अब उसके अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहन सकते अब उसके अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहन सकते जितनी दिल चाहे कंघी करो जितने दिन चाहे मेकअप करो जो जो चाहे करो लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया कि हालत हैराम में कंगा इस्तेमाल नहीं कर सकते हालत हराम में आप कंजी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वही चीज़ जो जायज़ थी वही चीज़ हराम हो जाएगी अब इख्तियार न किसी मोमिन को बचेगा न किसी मोमिना को बचेगा जितना दिन चाहे आईना देखो दिन भर आईने के सामने खड़े रहो जैसी सूरत थी वैसी ही रहेगी ज्यादा देर तक आईना देखने से तो सूरत नहीं बदल जाएगी बस सूरत खूबसूरत नहीं हो जाएगा आईना देखते रहो तुम आईना देखना मना नहीं है खुद भी आईना देखो और दूसरों को भी आईना दिखाओ एक बा है बात समझ रहा होगा खुद भी आईना देखो और दोस्तों को भी आईना दिखाओ और यहां तक की हदीस है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है एक सलवार एक मोमिन दूसरे मौ... अभी तशरी का मौका नहीं इशारा को मौका तशरी होगी कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है ये रसोल्ला के दिन भर आईने के सामने खड़े रहो अपनी जुल्फे जो है वो संवारते रहो लेकिन अगर हज के मौके पर आ गए तब अब आईना नहीं देख सकते अब आईना नहीं देख सकते जो दे चाहे खाओ पियो जितनी तयब हैं सब तुम्हारे लिए जायज़ हैं खबीर चीजें हराम हैं लेकिन तयबा जायज हैं चाहे पुलाव खाओ चाहे मुतंजन खाओ चाहे जो ली चाय खाओ लेकिन अगर अल्लाह ने मना कर दिया माह रमजान में तो फिर अब नज़र उठा कर भी न देखना अब नज़र उठा कर भी ना देखना तो इसका मतलब यह है कि हर चीज़ का इख्तियार दिया है मगर वहाँ तक कि जहाँ तक अल्लाह रसूल का फैसला न हो जहां तक अल्लाह रसूल का फैसला ना हो बस वहीं तक इख्तियार है लेकिन इधर अल्लाह रसूल का फैसला हुआ उधर इख्तियार खत्म हुआ तवज्जो रहे तवज्जो रहे इधर अल्लाह और रसूल ने फैसला कर दिया उधर इख्तियार खत्म हो गया अब इख्तियार कोई नहीं है अगर मोमिन हो तब जो रहे शर्त ईमान यह है कि अगर अल्लाह और रसूल ने फैसला कर दिया तो फैसले के सामने सर झुका दो अब तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है अरे जिसके से दिल चाहे दोस्ती रखो जिससे भी चाहे दोस्ती रखो लेकिन जब मैदान गदीर में अल्लाह रसूल की तरफ तो से ऐलान हो गया कि अली मौला है तो अब इख्तियार तुम्हारा खत्म हो गया है अब अली को मौला मानना वाजिब हो जाएगा एक सलवार भेज बार तो मौजू है कि एतात रसूल और मुसलमान मुसलमानों ने कहाँ कहाँ तक रसूल्ला की इताज की जबकि कुरान मुसलसल ऐलान कर रहा है कि इनकी इताज करो इनकी एताज करो इनकी इताज करो अब हमको ये देखना है कि कहाँ कहाँ इतात हो रही है और कहाँ कहाँ इतात की खिलाफ वर्जी हो रही है आप इब्तदा से लेकर इतिहास देख लें साहेबान शौख़ हैं एक पहली वर्ष करना चाहता हूँ आप देखें कि शरीयों तो में अख्तलाफ है शरीयतों में जनाब आदम के ज़माने में तो कोई कामिल शरीयत नहीं थी बल्कि चंद मुख्तर अहकाम थे मख्तसर अहकाम थे इसी मौजू के तहत गुफ्तू कर रहा हूँ मुख्तर अहकाम थे जनाब नू के ज़माने में मुकम्मल शरीय आई पहले साहिब शरीत जो रसूल है वो जनाब नू हैं जनाब आदम के ज़माने में बहुत मख्तसर अहकाम थे लिहाजा जो जनाब नू के ज़माने में अगर किसी का इंतकाल हो जनाब आदब के ज़माने में किसी का इंतकाल हो गया और वो जनाब नूह तक नहीं पहुँचा जब जनाब नूह की शरीयत आई है तो दुनिया से रुखत हो चुका था तो बड़ा आसान आसानी से वो छूट जाएगा क्योंकि छोटे मोटे अहकाम थे जिस पर उसने अमल किया लेकिन अगर जनाब नू की शरीयत आने तक वो जिंदा रह गया जनाब नू की जब शरियत आई जब उस वक्त तक जिंदा रह गया तो अब जो नुह की शरीय के अहकाम है उसको तो मानना ही मानना है अब उसको कोई छुटकारा नहीं वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो आदम की शरीय पर था आदम के जमाने में जो अहकाम आए थे मैं उसी पर अमल करूंगा नहीं अब क्योंकि शरीय में इजाफा हो चुका है अहकाम में इजाफा हो चुका है मुकम्मल शरीय आ चुकी है लिहाजा अब तो जनाब नुह के जमाने के अहकाम को उसको मानना होंगे उस जमाने में भी मुख्तसर अहकाम से ज्यादा तूल तवील अहकाम नहीं थे उसके बाद जनाबे इब्राहिम शरीयत लेकर आए तो अगर कोई जनाबे नूह की शरीय के जमाने ही में दुनिया से रुख्स हो गया तो अब उसके ऊपर वाजिब लाजिम जाएगा कि भाई इब्राहिम के ऊपर जो शरीयत आई थी उस पर तुमने अमल किया, तुमने नहीं किया वो कह गया उस जमाने में जिंदा नहीं समय उस जमाने में मौजूद ही नहीं था लेकिन अगर जिंदा रह गया और जनाबे इब्राहिम की शरीय आ गई अब तो, तो इब्राहिम की शरीय को मानना ही मानना है उसे अब उसके अहकाम को तो पूरा ही करना है उसे अब कोई बचत नहीं है अब कोई छुटकारा नहीं है बहुत तोज्जो है एक मस्जिद तक ले जाना है आप हजरात की पूरी तवज्जो रहे अब जनाब इब्राहिम के जमाने में जो शरीय आई जनाब मूसा के जमाने में जो शरीय आई तो उसमें कुछ और तफसील बढ़ गई कुछ और अहकाम में इजाफा हो गया तो लिहाजा अगर कोई जनाब इब्राहिम की शरीय तक जिंदा रहा मूसा के आने तक दुनिया से रुखसत हो गया तो जो मूसा के ऊपर है काम आए जनाबे मूसा पर उससे बच जाएगा वो अब उससे सवाल नहीं होगा उससे नहीं पूछा जाएगा कि जनाबे मूसा के ऊपर जो है काम आए थे तुमने अमल किया कि नहीं किया अगर पूज भी लिया तो कहकर पालने वाले तुमने जिंदा रखा होता तो अमल करता मैं तो मर चुका तूने मुझे बुला लिया अपनी बारगाह में लिहाजा अगर मैंने अमल नहीं किया तो हर के इसमें मेरी मजबूरी क्योंकि मैं तो दुनिया ही तो रुख्सत हो गया लेकिन अगर कोई जनाब अंगूसा की शरीयत आने तक जिंदा रह गया जनाब नू की इब्राहिम की शरीयत पर अमल करता था अब जनाब अगूसा आ गए और जनाब मंगूसा की शरीत में नए अहकाम आ गए अगर वो मौजूद है अगर वो जिंदा है तो अब जो अहकाम बढ़े हैं उनको उसको मानना ही मानना है अब कोई छुटकारा उसका नहीं है इसी तरह से जनाब ईसा उनके अभी कुछ तो तो जनाबा लागू नहीं होंगे लेकिन जनाब ईसा की शरीत के आने तक अगर वो जिंदा है तो अब तो जनाब ईसा की शरीय को उसे मानना पड़ेगा इसी तरह से अब आखिरी रसूल अच्छा यहाँ भी बहुत तमजोर है यहाँ भी एहकाम रफ्ता रफ्ता है एकदम से सारे एहकाम नहीं आए थे शुरू में रसूलुल्लाह ने तीन साल तक सिर्फ इतना ही कहा था कुल्ला तुख्लहु ला ला लल्ला कहो नजात मिल जाएगी ला ला लल्ला कहो नजात मिल जाएगी नमाज का हुक्म था न रोजे का हुक्म था न हज का हुक्म था न जिहाद का हुक्म था न फौज का हुक्म था न जिहाद जकात का हुक्म था तो वो लोग जो उसी जमाने में दुनिया से रुख्स हो गए बड़ी आसानी से छूट गए बड़े मजे में रहे क्योंकि नमाज का हुक्म आया नहीं था रोजे का हुक्म आया नहीं था हज का हुक्म आया नहीं था सिर्फ इतना था कि ला इला इला ला ला कह दो नजात मिल गई जन्नत में मिल गई मैं जन्नत का जामिन हूँ उसके बाद नमाज का हुक्म आया तो अगर नमाज के हुक्म के आने के वक्त जिंदा है हयात है तब तो नमाज पढ़ना है उसे अब खाली ला लाइल्ला कहना काफी नहीं है बल्कि अब तो नमाज भी उसको पढ़ना होगी अब नमाज से छुटकारा नहीं मिल सकता अभी रोजे का हुक्म नहीं आया है अगर नमाज के हुक्म के दौरान ही दुनिया से रुख्सत हो गया <गे ii> तो अब रोजे से बच गया वो बहुत तोज्जो रोजे से बच गया अब उसको रोजे के बारे में सवाल नहीं होगा लेकिन अगर रोजे का हुक्म आ गया और अगर वो जिंदा है मौजूद है हयात है तो रोजा तो उसे रख ही रखना है रोजा तो रखते ही रखना है हज का हुक्म आ गया अगर जिंदा है तो हज पर जाना ही जाना है अगर जिहाद जिहाद का हुक्म आ था पंद्रह साल बाद पंद्रह साल तक मुसलमानों पर जिहाद का हुक्म नहीं था बे सतह रसोल्ला के पंद्रह साल तक जिहाद का हुक्म नहीं आया था पंद्रह साल बाद जिहाद का हुक्म हुआ तब जिहाद का हुक्म जब आ गया तो मैदान जिहाद में तो जाना ही जाना है चाहे वहां से भागा हो चाहे से फरार कर जाओ मगर जब जिहाद का हुक्म आ गया है तो मैदान जिहाद में तो जाना ही जाना है होम्स का हुक्म आ गया अगर जिंदा हो तो होम्स तो अदा करना है ज़क़ात का हुक्म आ चुका अगर उस जमाने में हयात हो तो जकवात तो अदा ही करना है तो इसका मतलब यह है कि किसी भी हुक्म इस्लामी से छुटकारा पाने की सिर्फ एक ही शक्ल है उसके अलावा कोई दूसरी शक्ल नहीं है सिर्फ एक ही सूरत है कोई दूसरी सूरत नहीं है कि हुक्म आने से पहले ही दुनिया से रुखत हो जाए अरे तो चाह रहा हुक्ने से पहले ही दुनिया से रुख्स हो जाए हुएगा उसके ऊपर जारी नहीं होगा से पहले ही दुनिया से अली से नफरत थी अगर अली से अदावत थी अगर अली से कीना था अगर मौला मानने में उसको मुश्किल थी तो उसको चाहिए यह था कि पहले ही दुनिया से रुखत हो जाए लेकिन अब मैदान में ऐलान हो गया मन तो मौला हो वहा अली मौला अगर जिंदा है तो अली को मौला मारना पड़ेगा चाहे पसंद हो चाहे पसंद ना हो एक सलवा तो अब तो मौला मानना वाजिब लाजिम हो जाएगा चाहे अली के दिल में दुश्मनी क्यों ना हो दबा पे बखिन बखिन होगा एक सलवार भेजे शलवार बनंदा वास्तव तक खुफिया तरीके, तरीके से तब्लीग होती रही रसूल की तरफ से खुले आम तब्लीग नहीं होती थी खुफिया तरीके से मख्फी तरीके से रसूल तब्लीग कर रहे थे लेकिन आखिर में तीन साल बाद हुक्म आता है वह रसूल जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनको एक जगह जमा कीजिए जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको एक जगह जमा कीजिए ताकि खुल कर एलान इस्लाम हो जाए ताकि खुलकर आपकी रसालत का ऐलान हो जाए ताकि खुलकर आपकी नबूबत का ऐलान हो जाए पहला इस्लाम का जलसा हो रहा था इस्लाम का पहला जलसा हो रहा था इस्लाम की गोया बुनियाद रखी जाने वाली थी खुलेआम तो खुफिया तौर तो पर हो ही रही थी खुलेआम इस्लाम की बुनियाद रखी जाने थी पहला इस्लाम का जलसा था पहले वाले इस्लाम का पहला जलसा है रसूल को अपनी रसालत का ऐलान करना है अपनी नबोवत का ऐलान करना है सबसे बेहतर जगह थी जलसे की सबसे बेहतर जगह कौन थी किसा मन हो पालने वाले तेरे घर से बेहतर कौन जगह थी तेरे घर से बेहतर कौन जगह थी वहां से इस्लाम का ऐलान होता वहां से नबोवत का ऐलान होता वहाँ से रसारत का ऐलान होता वहाँ रसूल अपने जानशीन को मंतखब करते अपने वजीर को मंतखब करते अपने खलीफा को मंतखब करते लेकिन पालने वाले तो उन्हें अपने घर का इंतखब नहीं किया के लिए और भी कुछ लोग खुफिया तरीके से मुसलमान हो चुके थे किसी और मुसलमान का घर मंतख कर लेता और क्योंकि तीन दिन दावत करना थी दावत में बड़ा खर्च आता है तो किसी भी दौलतमंद को मुन कर, दौलत कर देता कि तुम सारा खर्चा बर्दाश्त कर लो अरे इतने लोगों को खाना खिलाना है लिहाजा सारा खर्चा तुम बर्दाश्त कर लो लेकिन किसके घर में हुई दावत किसके घर में एलान इस्लाम हुआ वही जिसको मुसलमान काफिर कहते हैं जिसको कहते हैं जिसको बुद्ध परस कहते हैं मुसलमानों मुझे ये बताओ कि काबे से बेहतर कौन जगह थी काबे से ऐलान होना चाहिए था काबे से ऐलान होना चाहिए था तो खुदरत आएगी अरे इब्तदा इस्लाम है पहला जलसा है मैं नहीं चाहता कि बुतों के दरमियान वो जलसा हो और जहाँ बुत परत आते जाते हो जिस घर में बुत परत आते जाते हो जिस घर में बुत मौजूद हो लिता मुनासिब नहीं कि पहला जलसा वहा हो मैं नहीं चाहता कि बुत परस्तों का साया भी इस जलसे में पड़े अरे समझो परस्तों का साया भी इस जलसे पर पड़े लिहाजा जनाब अबूब का घर मुंतब किया गया जनाब अबू तालिब का घर मुंतब किया गया काबे को छोड़ कर अबू तालिब का घर मुंतब करना खुद इस बात की दलील है कि न घर में कोई बुध था न कोई बुध पर सलवार भेजे बाद ईमान तो का ऐलान तो कि कि किया वही दावत तो बहुत बदतमीजियां की है हो मौका होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा दस बरस के बच्चे के इस्लाम का कोई भरोसा नहीं है क्या मतलब है कि बहुत से उलमा दस बरस का सिन मानते थे कि दस बरस का सिन था और बाद निकली तेरह बरस का सिन था कि जब ये ऐलान हुआ है और दावत रसुलशीरा हुई है रसूलुल्लाह ने अली को बुलाया ए अली दावत का इंतज़ाम तुम्हें करना है खाने का इंतज़ाम तुम्हें करना है ए अली तुम्हें इंतज़ाम करना है और जितने भी करीबी अज्जा हैं उन सबको तुम बुलाओ उस दावत में उन सबको जमा करो अजीब बात है कि किसी का नाम नहीं बताया रसूल ने कि किसको बुलाओ और किसको ना बुलाओ अरे तो रहे मैं चाहता हूँ कुछ पहलू इसमें आपके सामने आ जाए खासतौर से बच्चों जवानों के सामने कुछ पहलू इसके आ जाए क्योंकि नाम नहीं लिया कि किसको बुलाओ किस ना बुलाओ एबी रिश्तेदार हमारे हैं जो करीबी अक्रबा हैं उनको बुला नाम नहीं बताए अल्लाह के रसूल पहला जलसा है और अली को इससे पहले कोई तजुर्बा नहीं किसी जलसे का अरे तो अगर जाहिर तौर पर देखा जाए किसी दस बरस के बच्चे से कह दिया जाए कि तुम एक बहुत बड़े जलसे का इंतजाम करो अहतमाम करो तो हर चीज पूछेगा मुसलसल ये करूं कि ना करूँ ये करूं कि ना करूं कहीं कोई गलती ना हो जाए कहीं कोई किसी की बेजती ना हो जाए मगर अली ने भी नहीं पूछा कि किसको किसको बुलाना है न रसूल ने बताया किसको किसको बुलाओ न अली ने पूछा किसको किसको बुलाना है इसका मतलब है कि जो इल्म रसूल का था वही दस बरस के सिंह में अली का इम एक सलवार बोलना पता नहीं पता नहीं इस पहलू पर किसी ने गौर किया या नहीं गौर किया है लेकिन मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि चालीस आदमी जमा हुए 40 आदमियों के खाने का इंतजाम मौला अली ने किया मौला अली ने किया कहीं भी ये बता दीजिए ये बता दीजिए कि रसूलुल्लाह ने अपने जेब से पैसे निकाल कर दिए हूं अरे बहुत तवज्जो चाहूंगा लो अली ये रकम ले लो ये दिल्म ले लो इससे खाने का इंतजाम कर देना कहीं मिला रिवायत में कहीं मिला किसी हदीस में कहीं मिला किसी तारीख में कि एली लो ये ये ये पैसे लो लो लो, लो दीनार इससे खाने का इंतजाम कर क्या रसूल को मालूम नहीं था कि माल खर्च होगा क्या रसूल को इलम नहीं था कि जब खाना पकेगा तो ना कुछ ना कुछ तो खर्च होगा पर कहीं नहीं मिला कहीं नहीं मिला। बहुत तो कहीं नहीं मिला कि रसूल ने अपनी जेब से रकम दी हो या ये कहा गया हो कि जाओ मेरी जो है खदीजा बहुत दौलत थे उनके पास जाओ उनसे पैसे ले लो उनसे रकम ले लो और कुछ गनी भी थे उन्हीं के पास भेज दिया होता कि जाओ उनसे रकम ले लो और मौला अली बरसरे रोजगार नहीं थे दस बरस का सिंह था दस बरस के बच्चे के पास भी अपनी रकम नहीं हो सकती क्योंकि उस वक्त तक कोई उनकी न मजदूरी कर रहे थे न कोई कारोबार कर रहे थे तो खुद अली के पास भी पैसे नहीं थे न अली के पास पैसे थे न रसूल ने दिए न खदीजा से लिए न किसी और मुसलमान से लिए तो ये बताओ कि दावत में माल किसका खर्च हो रहा है ये दावत में रकम किसकी खर्च हो रही है ये दावत में माल किसका खर्च हो रहा है इसका मतलब तवज्जो जहाँ जहाँ आवाज जा रही है जहाँ जहाँ टीवी वी के जरिए से आवाज पहुंचेगी मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ना अली के पास पैसे थे रकम थी ना रसूल ने दिए ना जनाब खदीजा ने दिए न किसी और मुसलमान की रकम खर्च हुई बल्कि मगर खर्च तो हुए थे पैसे माल तो खर्च हुआ था तो आप बताओ किसका माल खर्च हो रहा है दावत झुलशीरा में किसकी रकम खर्च हो रही है दावत झुलचीरा में फिर तो एक ही शख्सियत बाकी रह गई वो है जनाब अबू ताले इसका मतलब ये है कि घर भी अबू तालिब का था माल भी अबू तालिब का था रसूलुल्लाह जो ऐलान करने वाले हैं, वो भी अबू तालिब के आगोश के प्रभावदार थे और जो इंतजाम कर रहा है वो बेटा भी अबू तालिब का है हिम्मत मतलब का, का जो रसूल ऐलान कर रहा है वो भी अबू तालिब के जो बेटा मुंतजम आला है वो भी अबू तालीब का तो सब कुछ इस्लाम में अबू ताली का सलवान भेजे मुला जाओ इंतज़ाम करो ज़ाहिर का इंतज़ाम हुआ खाने का और उसके बाद एक रान थी और तीन सात यानी तीन शेर आटा था कि जो उसकी रोटियां पकाई गईं और एक रान थी जो बकरी की रान थी या धुम्बे की रान थी उसको पकाया गया और चालीस आदमी खाने वाले थे चालीस आदमी खाने वाले थे अब जब सब के सब जमा हुए तो खाने को देख के तब हँसने लगे अरे तो हमें हम से एक कभी पेट नहीं भरेगा <laughs> हमें हम से एक कभी पेट नहीं भरे सुनिए सुनिए फिर सुनिए खास बच्चों जवानों के लिए अब हर एक हैरत से कि ये कैसे खाना पूरा होगा रसूलुल्लाह आगे बढ़े और अपना लोअब दहन उस खाने में डाला अपना लोअब दहन उस खाने में डाला अब जाहिर है कि मैं उसको फ... उर्दू में उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकता कि क्या उसको कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है मगर दुश्मनों ने उसकी तशरी कर दी दुश्मनों हम तो लुआब दहन एहतरामन कहते हैं हम तो लुआब दहन एहतरामन करते हैं कि मुंह से लुआब दहन अपना उस खाने में डाला इतनी बरकत हुई कि सब ने पेट भर कर खाया तमाम मुश्रक देख रहे थे कि लोहाबे दहन रसूल डाल रहे हैं तमाम काफिर देख रहे थे कि लोहाबे दहन रसूल डाल रहे हैं इसीलिए आज तक कहा जाता है कि साफ शिया थूक कर देते हैं आज तक कहा जाता है थोक कर देते हैं ये उसी वाक्य की याद दिलाई जाती है जो वहाशीरा में हुआ था इन्हीं मुशरकों से ये रिवाज इन तक पहुँची है एक सलवार भेजे वाले जो है जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूँ आप देखें कि उसके बाद सब ने खाया उसके बाद अब रसूल उठ कर कुछ कहना चाहते थे तारीख तबरी तारीख़ खमैश तारीख, तारीख अबुलफिदा जितनी भी तारीखें सब में देख लीजिए सारा वाक तफी से मौजूद है सारा वाक तफी से मौजूद है और ऐसे वाक़ात हैं कि मुसलमानों ने मना कर दिया है अपने बच्चों को देखो तारीख ना पढ़ना मदरसों में तारीख़ नहीं पढ़ाई जाती है फलां हदीब की किताब रट लो फलां हदीत की किताब रट लो मगर देखो तो तारीख़ ना पढ़ना क्योंकि ही तो हकीक़तें खुलकर सामने आती हैं तारीख़ तवारी में पूरी दावत रशीदा की तफी लिखी हुई है और उसके बाद जब खाना खा चुके तो रसूल उठकर कुछ कहना चाहते थे कुछ कहना चाहते थे कि एकाए अबूल लहब खड़ा हो गया और उसने एकदम से कहा कि देखो ये तुम्हें बहका देंगे तुम्हें ये तुम्हें गुमराह कर देंगे इनकी ना सुनो अब सलो पर रोब था उसका फिर किसी की हिम्मत बैठने की नहीं हुई सब के सब दावत छोड़कर चले गए उठ गए उसके बाद दूसरे दिन फिर अली से कहा गया फिर दावत करो फिर सबको बुलाओ फिर दावत हुई फिर सब आए अरे एक दिन उठकर चले गए थे दूसरे दिन क्यों आ रहे हो तू तो कहेंगे दावत चीज ही ऐसी है दूसरे दिन भी सबके सब जमा हुए फिर वही बात हुई मुख्तसर खाना था रसूल ने लोहा पेट भरकर खाया उसके बाद अब जो रसूल ने उठकर कुछ कहना चाहा, वैसे फिर अब खड़ा हो जाता है कि इनकी न सुनना इनकी न सुनना तुम्हें बहका देंगे और उसके कहने पर फिर मजबा मुंतशिर हो जाता है तीसरा दिन आता है तब भी यही हो रहा है फिर अबुल्ह खड़ा हो गया बहुत तोज्जो चाहूंगा आप हजरात की मुझे ये बता दीजिए कि अभी तो रसूल ने कुछ कहा ही नहीं है अरे मैं भरपूर तवज्जो चाहूंगा अभी तो रसूल ने कुछ कहा ही नहीं सिर्फ कहने के लिए उठकर खड़े होते थे अबोलह फौरन खड़ा हो जाता था इनकी बात न सुनना ये तुम्हें बहका देंगे अरे कुछ कहने तो दो तो रहे कुछ कहने तो दो उसके बाद कहना अभी रसूल ने कुछ कहा ही नहीं कुछ कहा नहीं और अबू हब उठकर खड़ा हो जाता हो, कहता है कि इनकी बात ना सुनना ये बहका देंगे तो मैं कहूंगा अभी तो रसूल ने कुछ कहा ही नहीं है अभी तो कुछ कहा ही नहीं है इसका मतलब ये है कि समझ गया था क्या कहना चाहते हैं समझ गया था क्या कहना चाहते हैं तारीख में सिर्फ दो ही समझदारों को ऐसे मिले हैं अरे भरपूर तवज्जो तारीख में सिर्फ दो ही समझदारों को ऐसे मिले हैं एक अबूलहब था जो कहने से पहले समझ गया एक अबूल हब था जो कहने से पहले समझ गया क्या कहना चाहते हैं और वो फुला साहब थे जो लिखने से पहले समझ गए थे कि रसूल क्या लिखना चाहते हैं यहां अबूल हब बोलने नहीं दे रहा है वहां लिखने नहीं दे रहे चौथा दिन आ जाता है फिर दावत होती है फिर जमा होते हैं फिर जैसे ही रसोल्ला कुछ कहने के लिए बुलंद होते हैं अब अबू लहब चाहता था कि उठकर खड़ा हो अब एक शख्सियत आ जाती है दरमियान में और अबू अबूलहब को डांट कर कहती है वो शख्सियत डांट कर कहती है कि उसको दयावर किसमें हिम्मत थी अबूलहब के इस तरह से खिताब कर सके जो सरदार अरब है अबूलहब किस में हिम्मत थी जो अबूलहब किस तरह खिताब करे उस खुद तो या आवर एक कने खामोश हो जाबूलहब कहना था एक कान खामोश हो जा अंता अंता वो हाजा हाजा अरे अपनी औकात देख और मेरे भतीजे की शान पहचान अपनी औकात देख और मेरे भतीजे की शान पहुंच पहचान और फिर रसूल के करीब की तरफ मुड़े रसूल की तरफ मुड़े भतीजे हैं रसूल सिन में छोटे हैं रिश्ते में छोटे हैं लेकिन खिताब देखिए खिताब देखिए सरदार से कह रहा है सरदार अरब से कह रहा है उस खुद यहाँ एक कान खामोश हो जा लेकिन जब रसूल कि तब मोड़े हैं तो अब खिताब देखिए या सैयदी व मौलाई या सैयदी व मौलाई ए मेरे मौला ए मेरे सैयद सरदार बल्ल तरबे अरे तब बल्ल तरबे अपने रब का जो पैगाम है वो पहुंचा दीजिए बल्ल तरबे जो पैगाम है वो पहुंचा दीजिए या सैयदी व या मौलाई जनाब अबू तालि खुर सरदार अरब हैं सरदार बड़ी हाशिम हैं, सरदार अदब हैं सरदार बचफा है अपने भतीजे को खिताब कर रहे हैं या सैदी व मौलाई ए मेरे सैयद व सरदार ए मेरे मौला एक तारीखी जुमला कहना चाहता हूँ तारीखी जुमला कहना चाहता हूँ अरे अजम मुसलमान है अजब मुसलमान है जो रसूल को अपना जैसा कहते हैं उनको तो मुसलमान मार रहे हैं जो रसूल को अपना जैसा कहते हैं उनको तो मुसलमान मान रहे हैं और जो सरदार अरब होते हुए रसूल को अपना सरदार कह रहा है उसके इस्लाम से इनकार किया जाता है एक सलवार भेजे बार के बाद बात खत्म हो रही है तलवार निकाली जनाब अबू तालिब ने और तलवार रखी सामने कि किसी को जाने नहीं दूंगा किसी को जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे भतीजे की बात मुकम्मल नहीं हो जाती कोई उठ न सकेगा यहाँ से कोई हिम्मत न करे जाने की उस वक्त तक जाने नहीं दूंगा जब तक के मेरे भतीजे की बात मुकम्मल नहीं हो जाती अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता अपने ऊपर अल्लाह किसी के एहसान नहीं रखता अपने ऊपर हे अबू तालिब हम आपका एहसान उतार देंगे आपने हाँ कर हमारे रसूल से खिताब किया है हाजा कहकर पहचानाया है लिहाजा इसी हाजा के जरिए से आपके बेटे का भी तारुफ होगा जिस तरह से आपने मजमे को रोका है इसी तरह से रसूल भी उस मजमे को रोकेंगे और जिस तरह से बल्ले का लफ्ज आपने किया कही लफ्ज अल्लाह भी इस्तेमाल करेगा आपने किया है है वो हम भी इसे माल करेंगे और देखिए देखिए आपने इनको मौला कहा है रसूल उस वक्त तक वापस नहीं होने देंगे जब तक अली की मौलायत का ऐलान न कर दीजिएगा मन को तो मौला हो युन मौला सलवाद भेज दे कुम कम मौला हो वहाली मौला माता कुमर रसूल फू होना हा कुमन हो, हो फंन तो जो रसूल दें वो ले लो जिससे रसूल रोक दें उससे रुक जाओ मौत का ऐलान भी हुआ है और फिर रसूल ने दुआ भी मांगी है अली को हाथों पर बलन करके दुआ मांग रहे हैं पाने वाले बं सुर मंद न जो अली की मदद करे पालने वाले तू भी उसकी मदद फरमाना वक्त न खजा ला और जो अली को छोड़ दे पालने वाले तू भी उससे छोड़ देना अब देखिए मुसलमानों ने किस तरह से इस हुक्म रसूल को लिया है किस तरह से लिया है और किस तरह से इताज की है इतावा किस तरह से हो रही है कि अली के गले में रस्सी बनी हुई एतात इस तरह से हो रही है कि शहजादी फातिमा गहरा के दरवाज़े पर लकड़ियाँ जमा हो रही है, एतात इस तरह से हो रही है कि हसन के जिगर के टुकड़े तशमे गिर रहे हैं एतात इस तरह से हो रही है कि करबला के बैदान रहे है चारों तरफ से घिरे हुए हैं तीनों तलवारों की बारिशें हो रही है तीन दिन के हुसैन प्यासे हैं सिर्फ अकेले हुसैन ही प्यासे नहीं हैं बल्कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी प्यासे हैं जाहिर है, है कि बहत्तर शहीद हैं किसका तस्करा हो किसका तस्करा न हो लिहाजा में वह अंदाज अख्तियार करता हूँ तो वालद मरहूब ने अंदाजा अख्तियार फरमाया था लिहाजा वो एक शहीद का तस्करा किया करते थे आज वो शहीद के जिसका पहले इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं था ईसाई ईसाई रखते रखते थे वो। तालुक रखते थे वो उनका नाम था वहब उनकी वालिदा वो थे और सिर्फ सत्रह शादी को हुए थे सिर्फ दिन शादी को हुए थे से छोटा काफला, काफला। ये छोटा सा काफिला ईसाई काफिला ये क्रिश्चियन काफिला जो था करबला की तरफ से गुजर रहा था देखा कोई मजलूम है फरियाद कर रहा कोई है जो मेरी मदद करे कोई है जो जो मेरी दुसरत करे, ने आवाज सुनी, अपने बेटे देखो ये कौन जो इस तरह से फरियाद कर रहा है कि कोई है जो मेरी मदद करे कोई है जो मेरी नुसरत करे बेटा आता है मालूम करता है तो पता चला नवासे रसूल इसको खुद मुसलमानों ने के लिए है और उस पर सतम कर रहे हैं वो तीन दिन का भूखा प्यासा भी है उसके बच्चे भी प्यासे हैं माँ कहती है जाओ और जाकर मदद करो उसकी जाओ जाकर मदद करो और मुझे भी ले चलो बा आती है बेटा आता है दौजा आती है सब के सब इमाम हुसैन के हाथों पर कलेमा पढ़ते हैं उसके बाद माँ कहती है कि जाओ और जा नुसरत करो मैदान जंग में जाता है जैसे ही जाने लगता है सत्रह दिन के सिर्फ शादी हुई है सिर्फ सत्रह दिन शादी को, तो बीवी दामन थाम लेती है, कि मुझे किस मुझे किस किस पर पर छोड़कर जा रहे हो, की बात में ना आना मैं दूध ना बख्शूंगी जब तक तुम तो अपनी जान दिछावर न कर दोगे झटका देकर दामन छोड़ाया मैदान जंग में जाते हैं वह जाकर हमला करते हैं और उसके बाद इनके हाथ के ऊपर तलवार का वार पड़ता है और सारी उंगलियां हाथ की कट जाती हैं और हाथ से खून की धारें बह रही थी माँ के पास आए अब तो आप राजी हो ग्रामीणी देखिए कैसे हाथ से खून की धारें बह रही हैं अभी राजी नहीं हुई है अरे जब तक ते तेरा गला कटता नहीं देख उस वक्त तक राजी न होगी जब जब तक तक तेरा गला न न जाए, जब तक जाए, तेरी जान हो उस पर नहीं होगी। इसके बाद फिर मैदान मैदान में में चले, चले, जंग की। उसके बाद अब कहा जाता है कि एकक वही सौजा जो रोक रही थी वही वहीजा जिसने दामन पकड़ा था ये वो बाहर आती है और एक अमूद खेमा लेकर एक लकड़ी जिससे खेमे बांधे जाते हैं उसको लेकर आई और मैदान जंग में दुश्मनों से मुकाबला करने लगी दुश्मनों से मुकाबला करने लगी तो अब ने कहा कि अभी तो तुम मुझे रोक रही थी अब खुद मैदान में लड़ने क्यों आ गई क्या अभी आका हुसैन ने इतनी मजलूमिया से आवाज दी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका लिहाजा मैं खुद मैदान में निकल आई अब जहा है कि एक हाथ में तलवार थी और एक हाथ की कट चुकी थीं कि कि वापस के कि तुम खेमे से बाहर निकल आई नहीं, नहीं मैं भी अपनी जान जाना करूंगी मैं भी अपनी जान जानावर करूंगी अब हाथ से के हाथ से पकड़ नहीं सकते जो उसका दामन एक हाथ में तलवार कहती है कि दांतों से उसकी अबा का दामन पकड़ा और चाहते थे खेस के खेमे तक ले जाएं लेकिन उसने जोर किया और दांतों से अबा का दामन छूट गया तो रुक रुक करके मुला मुला इमाम फर याद की ए आका आप हमारे पर्दे के रखवा मेरी के नहीं कर रही है कि मेरी राजा खेमे से बाहर निकल आए इसको वापस बुला लीजिए इमाम ने हुक्म दिया वापस आ जाओ मर्दों से साकित है जहाज बहुत जख्मी होकर गिरे मगर यहाँ पर रिवाज कहती है कि उस ने कहा था का एक शर्त में मैं खेमे वापस जाऊँगी कि वह ये वादा करें कि मेरे बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे वह वादा कर लें कि मेरे बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे हुसैन कहते हैं मालिक जन्नत की हैसियत से मैं जमानत लेता हूँ कि जब तक तुम नहीं पहुँचोगी वह जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जख्मी होकर गिरे फिर ये तलब कर बाहर निकली शिविर का गुलाम था ज्यादा देर इंतजार नहीं करना बड़ा थोड़ी ही देर में मोमिला शहीद हो जाती है और जन्नत पे जाकर वहां से मिल जाती है बस आखिरी जो सुनिए माँ दरे से दे पूरा मंजर देख रही थी तारीख करबला में सिर्फ दो माए ऐसी मिलती हैं कि जिनके सामने उनके बेटों को दबा किया गया एक तो बेवे मुस्लिम ने सजा है कि जिनके सामने उनके बेटे को दबा किया गया एक मादरे बहुब है कि जिनके सामने उनके बेटे को दबा किया गया मां देख रही थी कातिल खंजर लेकर आगे बढ़ता है मां की की निगाहों के सामने वह के पर खंजर चलता है, है, है सर कटता अब कि कातिल ने वो सर माँ कितना उछाल दिया अरे अब तक तो सब्र हुआ था मगर अब सब्र ना हो सका मां आगे बढ़ती है बेटे का सर उठाकर अपने सीने से ले है पेशानी का देती है रुखसारो को चुप दी है, मगर कहती है। फिर कितना तो तो कि हम जो राहे खुदा में दे देते हैं, वो वापस नहीं लेते सब्र मिसाली है, मगर कम अज कम आपको इतना मौका तो मिल गया कि आपने लाल का अपने सीने से भी लगा लिया पेशानी को भोस्ता भी दे दिया रुखसारो को भी चुप लिया अरे ये देख लीजिए कई उम्र तो नहीं देख रही है कि माँ के दिल में होगी अली अकबर मुझे भी मिल जाए लेकिन से, से शाम अली अकबर का सरनों के भी जाता तो आप आगोश में लेती कैसे पूरे रास्ते हाथ बसे गर्दे हुए मैं ला ला के दिल में हसरती रह गई अली अकबर का सर मुझे मिले सीने से लगा सर मैं पेशानी का बोझ, बस सयाम